आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव हो गया है सबके सब सिर्फ भागे जा रहे हैं पैसों के पीछे पर एक बात आप भूल जाते हैं अपनी सेहत को जो आपको 40-45 उम्र के बाद पता चलता है हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डायबिटीज़ ये तमाम बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं आइए समझते हैं हार्ट प्रॉब्लम को इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको उसी समय सावधान होना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलें यदि हाँ आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर भी आप हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं देसी गाय का दूध आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा रहेगा एलोवेरा और आंवला जूस का रेगुलर सेवन करें ये आपके शरीर के खून को पतला कर देता है और जिससे जिससे खून आपके शरीर में आसानी से फॉलो करता है और अटैक का रिस्क कम हो जाता है खास करके हार्ट दर्द से बचने के लिए सुलझाए गए दवाई को 24 घंटे अपने पास रखें यही सारी छोटी छोटी जानकारी को फॉलो करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं